क्या आपने कभी विचार किया है कि प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा के ठीक पहले भगवान जगन्नाथ स्वयं बीमार पड़ते हैं जी हाँ स्वयं बीमार पड़ते हैं उन्हें बुखार एवं सर्दी हो जाती है बीमारी की इस हालत में उन्हें क्वांटर टाइम किया जाता है जिसे मंदिर की भाषा में अनासार कहा जाता है भगवान जगन्नाथ को चौदह दिन तक की एकांतवास यानी कि आइसोलेशन में रखा जाता है आपने ठीक पढ़ा दर्शकों 14 दिन ही तो आइसोलेशन की इस अवधि में भगवान के दर्शन और उनके कपाट बंद रहते हैं एवं भगवान को जड़ी बूटियों का पानी आहार में दिया जाता है जो कि एक जो है मतलब आइसोलेशन के प्रक्रिया के दौरान जैसे कि पेशेंट को दिया जाता उनके लिए डॉक्टर नियुक्त होते हैं यानी लिक्विड डाइट और यह परंपरा आज से नहीं दर्शकों हजारों साल से चली आ रही है जब विज्ञान नहीं था क्योंकि अब बीसवीं सदी में पश्चिमी लोग हमें पढ़ा रहे हैं कि आइसोलेशन क्या होता है क्वांटरटाइन क्या होता है इसका समय चौदह दिन ही होना चाहिए तो दर्शकों एक बात हम आपको बता देते हैं तमाम लोग हंसते हैं कि भगवान के लिए डॉक्टर नियुक्त होते हैं भगवान को आइसोलेशन किया जाता है ऐसा नहीं है दर्शकों आप सभी लोगों ने दुर्गा सप्तती जरूर पढ़ा होगा देवी भागवत पुराण से ही दुर्गा सप्तति की रचना की गई है और जो भी महामारी होती है जो भी जो है रोग नाश होता है इन महामारी के बचाव के लिए इन रोग नाश के लिए तमाम ऐसे मंत्र तमाम ऐसी विधाएँ पहले से ही दी है अब जैसे कि आप जब दुर्गा सप्तति जो लोग भाई बहन हमारे पढ़ते होंगे उन्हें उन्होंने इसमें जो है क्या कहते हैं श्लोक आता है आ, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते तो यदि महामारी फैली हुई है तो महामारी नाश के लिए इस मंत्र का जो भी पाठक जो भी जातक जो भी दर्शक हमारे यदि इस मंत्र की डेली एक से दो माला करते हैं तो निश्चित रूप से महामारी को रोक सकते हैं कमी कर सकते हैं तो आप लोग हम पर हंसेंगे कि पंडित जी मंत्र के माध्यम से क्या ये सब वायरस वगैरह रोका जा सकता है देखिए आप इससे बचे रहेंगे तो बेहतर है कि आप इसको कर सकते हैं साथ ही साथ महामारी से रिलेटेड हमने तमाम ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं जिसको आप देख करके अपने ज्ञानार्जन को कर सकते हैं तो दर्शकों खुद सोचिए कि हिंदू धर्म अंधविश्वास से जो है भरा हुआ नहीं है बिल्कुल पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है और पाश्चात्य लोग अब हमारे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं जैसे कि रशिया हो गया तो रसिया से सीखने की जरूरत है जो आज हमें पढ़ाया जा रहा है हमारे पूर्वज हजारों साल से वो जानते आ रहे हैं तो अपनी संस्कृति पर अपने धर्म पर और अपनी सभ्यता पर आप लोग गर्व करिए दर्शकों रविवार का राशिफल मतलब 22 मार्च का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया सवेरा लेकर के आया है इस विषय पर आज हम प्रकाश डालते हैं सबसे पहले दर्शकों चलते हैं आज के पंचांग पर देखिए बाईस मार्च दिन रविवार दिन रहेगा और चैत्र कृष्ण पक्ष की आज जो तिथि रहेगी चतुर्दशी तिथि जी हां ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण में भी इसका स्पष्ट इस रूप से जो है यहां उल्लिखित है कि चतुर्दशी के दिन शहित का सेवन नहीं करना चाहिए सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर ग्यारह मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर चौदह मिनट पर उत्तरायण चल रहा है नक्षत्र रहेगा सदमिशा और पूर्व भाद्रपद वहीं करण की बात करें वड़ी बृष्टि और शकुनीकरण रहेगा साध्य और शुभ योग के साथ आज का जो शुभ समय रहेगा यह सुबह 11 बजकर उनचास मिनट से 12 बजकर सैंतीस मिनट पर रहेगा वही अशुभ समय की ओर चलते हैं तो प्राप्त जो है शाम को 4 बजकर 44 मिनट से लेकर के 6 बजकर 14 मिनट तक का समय राहु काल का रहे रहेगा राहु काल में शुभ कार्यो को बिल्कुल भी मत करिएगा चंद्रदेव कुंभ राशि में चलायमान है सूर्यदेव मीन राशि में चलायमान है दिशा की बात करें तो रविवार को पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा गुड़ का सेवन कर लीजिएगा घी खा लीजिएगा पान खा सकते हैं इसके आप आप जो है कप, जो है है पहले पूर्व की ओर चार चार चार कदम चलिए तदउपरा पश्चिम की ओर आप यात्रा करिएगा तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब बढ़ते हैं राशिफल पर लेकिन आप लोगों से एक अपील करना चाहते हैं और यह अपील हमारी नहीं है ये हम लोगों के प्रधानमंत्री जी की है और आज के दिन प्रयास करिएगा कि आप लोग बिल्कुल भी घर के बाहर मत निकलिएगा बहुत ही ज़्यादा जब इमरजेंसी पड़ जाए आवश्यकता पड़ जाए उसमें भी आप देख लीजिएगा यदि बचाव कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो है यदि कोई व्यक्ति ये चीज़ कह रहा है तो बहुत सोच समझ करके जो है और तमाम विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही जो है ऐसा प्रचार प्रसार हुआ है तो प्रयास ये करिएगा कि रविवार दिन आज रहेगा अपने घर में अपने परिवार को समय दीजिएगा तमाम जो है मनोरंजन के जो है माध्यम है चाहे वो टीवी हो गया चाहे मोबाइल फोन हो गया चाहे इंटरनेट हो गया घर में ही अपने रहिए अपने परिवार को एक दिन समय दीजिए और प्रयास कीजिए कि बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा तो आज राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा तो देखिए जीवन साथी के साथ आज आपके रिश्ते मधुर होंगे बेहतर होंगे आज आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत रहेगा अपनी बातें एक दूसरों के समझ आज बैठ कर के जो है परिवार वालों के सामने आप लोग करेंगे और आपकी बातों से सभी इंप्रेस होंगे आज आपको माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा आज सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे यदि आप घर से ही काम कर रहे हैं तो फोन के द्वारा आप लोगों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे साथ ही साथ आज आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे आज के दिन उपाय क्या करना रहेगा तो हमने प्रारंभ में ही बता दिया कि ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का यदि 121 करोड़ भारतीय जाप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दर्शकों भारत भूमि जो है पवित्र भूमि है देव भूमि है देवताओं की भूमि है यहाँ तमाम अवतार हुए हैं तमाम ऋषि मुनि सब लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया है कुछ भी नहीं होगा डरने की जरूरत नहीं है बस सुरक्षा अच्छा ही बचाव है अगर आप बाहर जाएंगे तो कोई बीमारी लेकर के आएंगे इससे अच्छा आप अभी घर में ही रहिए जब तक ये महामारी कमजोर ना पड़ जाए सभी राशि के जातक इस मंत्र का जरूर आप लोग जाप करिएगा आपके लिए लकी कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तो और भाग्य का प्रतिशत आज आपके लिए रहेगा बयासी अगली राशि आती ही आती है हमारी वृषभ राशि वृषभ राशि के जात को आज आपके सभी काम समय से पूरे होंगे आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बना देगा शैक्षणिक कार्यों में आज आपका मन लगेगा आज आप दूसरों के उलझे हुए मामलों को तुरंत सुलझाने में सफल रहेंगे आज आपको राजनीति से जुड़े कार्य में सफलता मिल सकती है घरेलू काम आज आप लोग बहुत ही अच्छे और ढंग से पूरा करेंगे साथ ही साथ कैरियर में अहम बदलाव होगा रुका हुआ धन आज आपको मिल सकता है किसी अज्ञात भय से आज आपको छुटकारा होगा उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज भी आपको दुर्गा सप्तती का जो मैंने मंत्र बताया है जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री सुहास स्वधा नमोस्तः इस मंत्र का आप लोग जाप करिएगा साथ ही साथ आज के दिन सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर आप लोग जरूर बैठिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा भाई शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार और आज आपके लिए जो भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा 92 प्रतिशत अगली राशि आती है ये आती है जन अर्थात मिथुन राशि मिथुन राशि के जात को आज पारिवारिक स्तर पर खुशियों में वृद्धि होगी लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत से आपकी खुशियों पर पानी फिर सकता है बेहतर रहेगा कि आज के दिन गुस्सा करने से बचिएगा दूसरों से मिलना जुलना आज आपके लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं होगा तो घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिएगा आर्थिक स्थिति आपकी ठीक होगी जो लोगों को विदेश जाने का योग जो है मतलब योग था वो आज किसी कारणवश कैंसिल हो सकता है आज आप लोगों को देखिए घर परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन संभव है साथ ही साथ आज जॉब के लिए कोई आपको ईमेल इत्यादि के माध्यम से प्रौद्योगिकी के माध्यम से आपको कोई सूचना प्राप्त हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको भगवान भास्कर को अर्घ देना है आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा सतहत्तर प्रतिशत कर्क राशि के जातकों क्या कैसा रहेगा आज आपका दिन तो देखिए आज अपने घर में अपना मत रखने में आप सफल रहेंगे घर वाले आज आपकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहेंगे छात्रों के लिए स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला तमाम उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और भी मेहनत करने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको सतर्क रहने की जरूरत रहेगी नियमित योग करने से आज आपका जो है मतलब स्वास्थ्य बना रहेगा बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा लेकिन दोस्ती के मामले में आज आपको कोई चीटिंग या धोखा मिल सकता है दांपत्य जीवन मधुर रहेगा हो सके तो घर में ही रहिएगा बाहर मत निकलिएगा और आज के दिन आप लोगों को सूर्य नमस्कार करना रहेगा साथ ही साथ यदि हो सके तो आज दंडवत प्रणाम करिएगा माता पिता को शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच और आज जो भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा अस्सी सिंह राशि की ओर चलते हैं देखिए सिंह राशि के जात को आज कुछ लोग आज आपसे बहुत ज्यादा आपकी वाड़ी से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे साथ ही साथ आज आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी धन लाभ के तमाम नए अवसर आज आपको प्राप्त होंगे किसी को उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी आज आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो लोगों का जो है क्या कहते हैं पैसा शेयर मार्केट में था उनको कुछ जो है आघात पहुंच सकता है चोट पहुँच सकता है तो मार्केट में इधर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिएगा स्टेशनरी से से कारोबार जुड़े हुए लोगों को आज लाभ मिल सकता है साथ ही साथ आज घर वालों का सहयोग प्राप्त होगा घर वालों के साथ आप लोग बैठ सकते हैं चर्चा कर सकते हैं आज के दिन उपाय के तौर पर करना क्या है यदि गाय मिल जाए तो गाय को आज आप लोग जो है गुड़ और रोटी जरूर खिलाइए साथ ही साथ दुर्गा सप्शती का जो हमने मंत्र बताया है उस मंत्रों का आपको जो है एक से दो माला आप लोग कर लीजिए इधर जब तक इस महामारी में कमी नहीं आती है तो सभी हमारे जितने दर्शक हैं लाल चंदन की आप लोग माला ले लीजिए इसको देवी चंदन की माला भी बोला जाता है और इसी से इस मंत्र का आप लोग जाप कर लीजिए ना यकीन आए तो आपके घर में दुर्गा सप्शती रखी हुई है वहाँ पर आप लोग जा के देख सकते हैं कि महामारी नाश के लिए ये मंत्र है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक और जो भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा इक्यासी प्रतिशत अगली राशि आती है ये आती है देखिए कन्या राशि कन्या राशि के जात को आज घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है खासकर के जो लोग कपड़ों से जुड़ा हुआ काम करते हैं जो लोग फूड से जुड़ा हुआ काम करते हैं इनको अधिक लाभ होगा आज आप पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करने का मन बना सकते हैं सामाजिक स्तर पर आज आपकी लोकप्रियता बढ़ी रहेगी किसी काम में माता पिता से ली गई सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी भाई बहनों के साथ आज आपके संबंध मधुर रहेंगे लव मेज से आज अचानक से आपको कोई सरप्राइज प्राप्त हो सकता है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो याज्ञ वल्ल कृत सूर्य स्त्रोत का पाठ भगवान भास्कर के समक्ष आप लोग करिएगा साथ ही साथ आज के दिन आप लोगों को जो है नमक का सेवन नहीं करना है सूर्य के प्रकाश में पंद्रह से बीस मिनट आप लोग बैठिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार और आज जो भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा पचहत्तर अगली राशि आती है हमारी ये आती है अर्थात तुला राशि देखिये तुला राशि के जात आज आपके कार्यक्षेत्र में कुछ नए बदलाव आएंगे आज आप लोगों को जो है अपने घर परिवार में कोई विशेष धार्मिक आयोजन कर सकते हैं कोई अनुष्ठान कर सकते हैं कोई यज्ञ कर सकते हैं पढ़ाई के प्रति आज आपकी रुचि बढ़ेगी आज लवमेंट के साथ आप लोगों के रिश्ते काफ़ी मधुर रहेंगे भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे साथ ही साथ कोई नए टेंडर की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है घर के आसपास किसी धार्मिक आयोजन में आपकी प्रतिभागी शाम तक की हो सकती है आज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आज आप लोग बहुत शांति का बहुत रिलैक्स का अनुभव करेंगे उपाय के तौर पर आप लोगों लो को करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग जो है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का आप लोग दो माला जरूर जाप करिए साथ ही साथ यदि हो सके तो आज के दिन आप लोग नमक एवाइड कर दीजिएगा बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा भाई शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो और भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा चौरासी प्रतिशत चलिए बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती है ये आती स्कॉर्पियो अर्थात तो वृश्चिक राशि देखिए वृश्चिक राशि के जातकों आज कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको कोई नया सुझाव मिलेगा जीवन साथी के साथ आज के दिन आप लोगों की बहुत ही अच्छी परिचर्चा हो सकती है कोई नया प्रेम संबंध की शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है आज किसी सामाजिक कामकाज में आप ज्यादा बिजी रहेंगे उच्चाधिकारियों का और ऑफिस के जो सहकर्मी हैं इनका सहयोग आज आपको डिजिटल माध्यम से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पर परिवारजनों के साथ खुशियों के पल आपके बीतेंगे अध्यात्म के प्रति आज आपकी रुचि जागृत होगी कोई धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ पढ़ते हुए आज का दिन आपका बीतेगा कोई प्रॉपर्टी लेने की यदि सोच रहे हैं तो आज उसका ख्याल आपके मन में आ सकता है और परिवार वालों के साथ चर्चा कर सकते हैं अविवाहित लोगों को विवाह के नवीन प्रस्ताव मिल सकते हैं आज के दिन उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग जो है गेहूं का दान यदि धर्म स्थान पर हो सके तो कर दीजिए साथ ही साथ आज भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए जल में लाल कुमकुम डालकर के और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार उन्हीं के समूह बैठ करके पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः और भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा ये रहेगा सतहत्तर सेजिटेरियस जी हाँ धनुराशि धनुराशि के जातकों देखिए आज आपका मन पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रहेगा बहुत ज़्यादा धार्मिक आस्थावान आप रहेंगे परिवार के साथ किसी मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं साथ ही साथ धनुराशि के जो जातक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं इनके लिए आज का दिन काफ़ी अनुकूल रहने वाला है किसी मल्टी नेशनल कंपनी से आज जॉब के लिए कोई मेल इत्यादि आ सकता है जो विद्यार्थी हैं कंपटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गए आज गवर्नमेंट जॉब में चयनित होने तक के योग बन रहे हैं लेकिन आज किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने से आपको सितारे यहां बचने की सलाह दे रहे हैं आज का दिन यात्राओं का दिन ना हो करके घर में कैद होने का दिन है धनुराज के जात को तो अपने घर में रहिएगा परिवार के साथ अच्छे से समय बिताइएगा उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए भगवान भास्कर के सम्मुख बैठ करके तीन बार आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लीजिए और नारायण कवच का पाठ आज आपको सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात और आज जो भाग्य का प्रतिशत रहेगा ये रहेगा बयासी कैप्री कौन जी हाँ मकर राशि देखिए मकर राशि के जातकों व्यापार में आज आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है जीवन साथी के साथ आज आपके रिश्तों में मिठास आएगी और साथ ही साथ आज किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपको फायदा पहुंचा सकती है कार्य स्थल पर आज कार्य आपके कार्य से आपके उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे साथ ही साथ बच्चों के साथ आज आपका टाइम बहुत ही अच्छा स्पेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन आज किसी भी प्रकार के वाहन इत्यादि का प्रयोग करते समय सावधानी बरतिएगा और पारिवारिक रिश्ते आज बहुत बेहतर होंगे परिवार में सब लोग एक साथ बैठकर करके आज किसी गूढ़ विषय पर चर्चा कर सकते हैं धार्मिक ऊर्जावान आप लोग रहेंगे क्योंकि आज के दिन हमने फिर बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है तो कोशिश कीजिएगा आप लोग घरों में ही रहिएगा बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा शाम के समय कोई जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात होगी और आपकी कोई डील जो बहुत पहले से अटकी होगी वो फाइनल हो सकती है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो नमक को बिल्कुल एवॉइड कर दीजिए नमक का सेवन ही मत करिए और आज आप लोग सूर्य देव के समक्ष बैठ कर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा क्रीम कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन और जो है भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा ये रहेगा सत्तासी हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है एक्वायर अर्थात कुंभ राशि कुंभ राशि के जात को आज आपका लक आपके साथ रहेगा ऑफिस में आज सभी काम आपके समय पर पूरे होंगे और वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा जीवन साथी के साथ आज आपका समय बहुत ही अच्छा एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है साथ ही साथ आज आप लोग खुद को बड़ा एनर्जेटिक महसूस करेंगे योग प्राणायाम का आप लोग अभ्यास करेंगे और आज आपके दैनिक कार्यों में आपके पार्टनर के आपके जीवन साथी के सहयोग मिल सकते हैं जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें मान सम्मान में वृद्धि साथ साथ तो साथ होगी, साथ दान आप लोग करें या गाय को आप लोग गुड़ खिला सकते हैं तो बेहतर रहेगा शुभ कलर रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच और भाग्य का जो प्रतिशत रहेगा यह रहेगा तिहत्तर प्रतिशत अंतिम राशि की ओर बढ़ते हैं हमारी अंतिम राशि आती देखें तो मीन राशि के जात को आज मेहनत के बल पर आपको धन लाभ दिखाई दे रहा है दोस्त आज आपकी बड़ी मदद करेंगे आज किसी के प्रति अपनी राय को अपने तक ही सीमित रखिएगा किसी से मदद या आश्वासन की आज आप लोग उम्मीद मत करिएगा संतान के साथ आज आपका समय बेहतर बीतेगा आपको खुशी होगी आज पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ सकती है घर परिवार में आज आप लोगों को लजीज व्यंजन का आनंद मिलेगा जीवन साथी के साथ संबंध आपके बढ़िया होंगे रिश्ते बेहतर होंगे आज सफलता आपके कदम चूमेगी उपाय के के तौर पर आपको करना क्या रहेगा मीन राशि तो आज के दिन आप लोग गेहूं का का गुड़ सूर साथ साथ तो सूर्योदय से सूर्यास्त नमक करिएगा शुभ कलर रहेगा आपके लिए पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक और आज भाग्य का प्रतिशत रहेगा दिन जाने वाला है तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से हमें बताइए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है इससे संबंधित एक वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल दिया है मंगल भी देखिए 22 तारीख को जो है मकर राशि में उच्च के हो रहे हैं शनि के साथ और नीच के गुरु भी यहाँ पर हैं तो काफ़ी कुछ स्थितियाँ जो है अब अनुकूल होना स्टार्ट हो जाएगी बेसिकली पाँच अप्रैल के बाद से काफ़ी कुछ चीज़ें कंट्रोल में आएंगे ये जो संक्रमण फैला हुआ है इससे बचाव होगा चिंता आप लोग मत करिए बस उदाहरण आप लोग बरतिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार